क्या दिया था ना इनको खर्च किया था फालतू गंस पे तो गाइस हम सबको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सो देखो पहले वाले को मैंने गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया एंड सबको सारे गंस को कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले ठीक है क्रेट्स में कन्वर्ट करके एंड एक ही बार में कोई भी एक के लिए खोलेंगे इसमें नाइन है एंड and... देखो गाइस सर मैक्सिमम एके में ज़्यादा मिल रहे हैं टोटल सेवेंटी थ्री सो देखते हैं गाइस टोटल टोटल अपने को कितने क्रेट्स मिलते हैं पता नहीं क्रेट्स में कुछ और ना देते यार चलो ओपन करके देखते हैं गाइज कहाँ के सारे क्रेट्स ये रहेगा इस वन या कुछ भी सिलेक्ट करके खोल सकते हैं क्या हाँ हाँ यहाँ हेलो 140 फोटी यानी कि चलो ये वीएमपी के ही लेता हूँ मैं एक सेकेंड वी ये रही वो पावर चूज हो गया अबे एक नहीं एक साथ सारे एक एक करके कब कर खोलूँगा भाई मैं ये 145 तो चलो भाई सर अगर आप सभी को भी खोलना है तो सब खोल लेना ठीक है एक एक करके खोलने में ये टाइम लगेगा बहुत तो पूरा वीडियो तो नहीं बना सकता थैंक्स फॉर वॉचिंग चलो आता है मैं पर आप बोल सकते हो शुरू